सोया, आज भी तुम तो मेरी पहली और आखिरी मौबत तो तुम भी मेरी पहली और क्या मैंने तुम्हें तुम माफ की मुछा। कभी मुछा। लेकिन अगर तुमने जिंदगी में मुझसे कभी मोहब्बत की होगी ना कभी पलट के मुख्यमंत्री